जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी गुरु जी के वचन जो उन्होंने समय समय पर कहे आज भी ये वचन हमारा मार्गदर्शन करते हैं सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता, गुरु जी सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता अपना काम करना नियम नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है